ये हमारे पिता जी हमसे कहते हैं कि हम तो बेटा मध्यम वर्ग के लोग हम कौन सा मुगल खानदान के लोग हैं तो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम हारोगे तो बेजती हो जाएगी तुम अकबर के बेटे थोड़े हो तुम तो एक दाना के बाबू के बेटे हो तो तुम्हारे हारने से तुम्हारी बेजती तो कभी होगी ही नहीं तारीफ कुछ लोग जरूर करेंगे की फैलाने का लड़का लड़ाई की आपको क्या डरने की जरूरत है सर आप क्यों सोचते हैं मेरी बेजीती हो? होने तो की नहीं हंसते है, तो हैं इसका मतलब आप जिंदा है अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर ये सब दिशा सूचक यंत्र गाली आलोचना हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमको बहुत डराते हैं, बहुत पेरेंट्स बेटा बेजती मत कराना तुगलक वंश के हो बेजती मत कराना तुम और वंश के हो अंबेडकर की बेजीती हुई उन्होंने मजा लिया भगवान बन गए गांधी की बेजती हुई उन्होंने मजा लिया भगवान बन गए चाणक्य की बेजती हुई मजा लिया भगवान बन गए बेजीती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में